स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सुपरमाइन टेक्निकल पर दोस्तों आज मैं बात करूंगा Redmi नाइन की क्लॉ कैलकुलेटर की जो Redmi नाइन का कैलकुलेटर वो बहुत ही शानदार है तो चलिए हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर तो दोस्तों इस कैलकुलेटर में ये एक नॉर्मली कैलकुलेटर है पर इसके बाद जब हम इस पर ऑप्शन करते हैं तो इसमें डाटा बी एम आई एज डिस्काउंट लेंथ एरिया वॉल्यूम टेम्परेचर स्पीड टाइम मास और नोमेरिकल सिस्टम इसमें जो भी कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं डिस्काउंट का तो ओरिजिनल प्राइस से हम लेते ले ले ले ले ले हैं पाँच किसी में चल है बीस डिस्काउंट तो फ़ाइनल प्राइस होगा उसका चार्ज और हमें बचेंगे सौ रुपये तो इस तरह के इसमें बहुत सारी सर्विसेस हैं जैसे बी एम एज है एज का भी निकाल सकते हैं आप तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो अगर आपको ये चीज़ पहले से पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं धन्यवाद